तो गैस, मेरे पास एक खान सर का बहुत फनी क्लिप है वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर तो सब्सक्राइब करें चलिए उस क्लिप को दिखाते हैं आधा तो युवा लड़का लड़की में परेशान है वो फंस जीत तो कितना अच्छा रह तो। जिसने ये तीन चीजों को फटा लिया हमारे हिसाब ऐसी उस विद्यार्थी को उसी समय मोक्ष मिल गया फिर उसे आगे बढ़ने ऐसी रोकेगा